से किसी यार को तैयार से किसी यार को दिल मिला मची जवानी भी है जोश में महकी हवा बहकी फिजा हम क्यों रहे होश में लाती नहीं किस्मत कभी एक बार जो खूब होंगे दिल से दिल मिला भरती गगन दोनों के मन जब मिल गए जुदा क्यों रहे दो बदन सजनी तो दो फूलों की से बजने दो दुशहना दिल मिला प्यार तो पहले मुझे जहां से मांग लो मौसम प्यार का ये आलम रात को तो मेरी मिल गया जैसे